वेलकम टू माई चैनल राज के टिप्स आज हम सीखेंगे वेगनार के सीरीज की गाड़ी का स्पार्क प्लग खोलकर उसको साफ़ करने का तरीका इसके लिए सबसे पहले हमें एयर फिल्टर बॉक्स को हटाना होता है और इसी के नीचे इग्निशन कोयल और स्पार्क प्लग लगे होते हैं तो हम पेचकस की मदद से पहले ये नट खोलेंगे फिर एक्सीटर का वायर हटाएँगे और इसके साथ ही ये मोटा वाला जो एयर पाइप है इसको हटाएँगे आप एयर फिल्टर बॉक्स को खोलकर अलग रख देंगे और ये तीनों सॉकेट हटाएंगे जो इग्निशन कोयल कोयल के ऊपर लगे हुए हैं इसके बाद इसके ऊपर जो 10 एम का नट लगा हुआ है उसको 10 एम की गोटी से हम खोलेंगे और तीनों नटों को खोलेंगे इसके बाद एक एक करके इग्निशन कोयल को बाहर निकालेंगे तीनों इग्निशन कोयल्स को बाहर निकालने के बाद आप देख रहे हैं ये अंदर स्पार्क प्लग लगे हुए हैं इनको भी हम एक एक करके बाहर निकालेंगे और स्पार्क प्लग को खोलने के लिए हमें 16 एम mm की गोटी की जरूरत होगी उसकी मदद से हम इनको बाहर निकालेंगे फिर इनकी तीनों प्लग की और तीनों कोयल्स की हम अच्छे से सफाई करेंगे इस सफाई करने के लिए आप पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी दूसरी चीज़ से आप सफाई कर सकते हैं अच्छी तरह से सफाई करने के बाद इनको जिस तरह से हमने खोला है उसी तरह से फ़िट कर देंगे एक बात आपको ये बता दें कि तीनों इग्निशन कोयल या तीनों प्लग्स कोई सा भी कहीं भी लगाया जा सकता है इसमें कोई अंतर नहीं होता है हम किसी को भी कहीं भी फ़िट कर सकते हैं बस हमें अच्छे से फ़िट करना है और ये काम आपका हो गया पूरा प्लग साफ़ करने के बाद कोयल उनको फिट करना है फिर ऊपर से इग्निशन लगानी है और पूरे सिस्टम को हमें ऐसे ही क्लोज कर देना है जैसे हमने खोला था इस तरह से इग्निशन कोयल और प्लग को साफ करने का हमारा एक काम पूरा हुआ फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक और जानकारी के साथ उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद